फिर से इतनी मोहब्बत हो वफा हो पे चाहतों की सौबत हो झील के पानी में इश्क ही बहता हो इश्क हो दुआ बस इश्क ही बात हो खुदा पास देखता